असलम फ्रेंड तो कैसे हैं आप लोग मैं हूं अदनान खान वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट मूवीज़ वॉक स्मार्ट मूवीज़ वॉक की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि घर पर रहकर ईद सेलिब्रेट कीजिए अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखिए तो गाइज आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी सलमान भाई स्टारर योर मोस्ट वांटेड भाई राधे जो कि जी फ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है जिसको देखने के लिए आपको 249 रुपीस पे करने होंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलमान भाई हर साल अपने फैंस के लिए ईद पर तोहफ़ा लेके आते हैं और अपने फैंस के लिए ईदी का इंतज़ाम करते हैं तो इस साल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सलमान भाई के फ़ैन्स को ये लेनी चाहिए या ये उठा कर उनके मुँह पे मार देनी चाहिए तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास सलमान भाई ने आपके लिए बनाया है जिसकी वजह से आपको अपने दो सौ रुपये खर्च करने चाहिए और अपना कीमती टाइम इस मूवी को देना भी चाहिए या नहीं तो गाइज कहानी कुछ इस तरह है कि मुंबई में ड्रग डीलिंग्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारी यूथ जनरेशन बर्बाद हो रही है तो गाइज यहाँ पर मुंबई पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि ये ड्रग्स कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं यही सब पता करने के लिए मुंबई पुलिस वापस बुलाती है भाई मोस्ट भाई तो इस मूवी में भाई उस या नहीं तो गाइज कहानी में जरा भी दम नहीं है वही घिसी पुटी कहानी आपके सामने ला कर रख दी गई है जो कि आप पहले भी बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं अगर बात करी जाए सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे सबसे पहले रणदीप हु और उनके दो पंडर का नाम निकल के सामने आएगा दिशा पटानी को यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है और जैकी शराब का कैरेक्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है अब बात करते हैं इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की सलमान भाई की तो सलमान भाई का कैरेक्टर जिस तरह से वॉन्टेड में था उसका यहाँ पर टेन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा फिर भी सलमान भाई ने अपनी पूरी कोशिश की है अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की तो इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभु जी ने किया है और प्रभु जी ने यहां इस बार साबित कर दिया है कि भले ही डांस और डायरेक्शन का अल्फाबेट डी होता है लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है प्रभु मैं आपको यहां पे एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि जनता वैसे ही परेशान है और आप ऐसी फिल्में दिखा दिखा दिमाग में चोटे क्यों मार रहे हैं अब बात कर लेते हैं एक्शन की तो सलमान भाई ने यहां पर साउथ की मूवी को भी मात दे दी है सिर्फ पैर से भंवर बनाना ही बाकी रह गया था एक्शन इतना ज्यादा फेक लगता है कि आपको खुशी होगी कि ये फिल्म अच्छा हुआ हॉल पर रिलीज नहीं हुई बात कर लेते हैं फिल्म के सॉन्ग्स की तो फिल्म में केवल चार सॉन्ग हैं जो कि कोई ज्यादा खास है नहीं लेकिन एक सॉन्ग फिल्म का बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है जो कि साउथ की फिल्म डीजे से एडोप्ट किया गया है अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि सलमान भाई ने गाना भी चूज किया तो ये सलमान भाई कम से कम अपनी कमर का ख्याल तो किया होता क्या आप इस उम्र में अल्लू अर्जुन की तरह कमर लहरा पाएंगे Finally, मेरे ये एक थर्ड क्लास मास ऑडियंस फिल्म है जिसको देखकर आप और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इस फिल्म से दूर रहें अगर आप सलमान भाई के फैन हैं और आपको चुल्ह ज्यादा ही मच रही है तो भाई देखिए कौन रोक सकता है तो मेरी रेटिंग रहेगी सलमान भाई की इस मोस्ट अवेटेड मूवी के लिए वन एंड हाफ स्टार आउट ऑफ फाइव तो गाइज अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथ में नीचे दिए गए बेलाइकन को भी प्रेस कर दें जिससे होगा ये कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल मैं हूं अदनान खान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग